एक एक सुनाना चाहता जख्मियों को ढाल है इसमें पानी डाल दे मेरा रोजा है मैं जिंदा रहा इफ्तार कर और अगर मैं मर गया तो मैं अल्लाह के दसर पे जाके इफ्तार करूंगा। इस हाल में रोजा नहीं छोड़ा और तुम कहो जी गर्मी बहुत है रखे नहीं जाते छुट्टी ले लो एक महीना अपनी यूनिवर्सिटियों से लेकिन रोजे की छुट्टी ना करना अपने दफ्तरों से छुट्टी लो तो रोजे की छुट्टी ना करना